Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल को अपने रखकर थोड़ा इस्तेमाल करो के दिल को अपने साइड में रखकर थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करो और बेवफाओं का जमाना है थोड़ा संभाल की कुछ रहा ही नहीं मैसर मेरे धामन में ताकि तुम मेरे अश्कों को अपने मैखाने में संवार दो और क्या कहा दोबारा इश्क और इस बार भी तुम ऐसी अरे अच्छा तो ये लोग खंजर मेरे सीने में दिल के टुकड़े रखे थे संभाल कर एक टुकड़ा जाने कहा खो, के के खो गया दिल आज उसकी बात किए बगैर ही सो गया दिल आज उसकी बात किए बगैर ही सो गया और खुदा ने मेरे हाथों में मोहब्बत की लकीर ही नहीं बनाई थी मैंने जिससे भी दिल लगाया वो किसी और का हो गया सुना है आज वो मेरे शहर आई है बहुत अरसे के बाद आज वो मेरे घर आई है और उसकी सबसे पसंदीदा चीज उसकी सबसे पसंदीदा चीज मैंने उसके सामने फरमाई है यारो आज मैंने उसको अपने हाथों से चाय पिलाई है शुक्रिया भाई शुक्रिया जिसमे तो छू लिया उसने मेरा मगर रोड में उसकी शायद किसी और का नाम लिखा होगा और कैसे कह दूँ मैं ये कि गलती सिर्फ उसी की है कि कैसे कह दूँ कि गलती सिर्फ उसी की है उसने भी तो ये किसी ना किसी से तो सीखा ही होगा बड़े अरसे बाद उसका पैगाम आया है मैं जानता हूँ ये मेरी मोहब्बत का तलाक लाया है शायद रात भर लिपट रोई होगी वो इस कागज ऐसी शायद रात भर लिपट के रोई होगी वो इस कागज से खत में निशानी के साथ उसका बाल आया दीवाना आग में जल गया और वो हंस रही है कैसी दीवानी है ये क्या दो प्यार करने वाले मिल गए ये क्या दो प्यार करने वाले मिल गए इसे फाड़ दो यार ये झूठी कहानी है इसे फाड़ दो यार ये झूठी कहानी तेरी यादों के मंजर मुझे बड़ा रुलाते हैं तेरे साए मेरी रूह से लिपट जाते हैं और तू अपनी कसम देकर मेरी शराब छुड़ाती है मेरे दोस्त तेरी कसम देकर मुझे पिलाते हैं कभी मेरी याद आए तो वापस आ जाना तेज आंधियों के साथ बरसात आए तो वापस आ जाना उसी बरसात में बाहें खोलकर तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं चाहो तो परख कर देख लेना आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करूंगा किसने खोल दी है खिड़की मेरे खतों को भिगो रही पता चलेगा क्या चीज ये किसने खोल दी है खिड़की मेरे खातों को भिगो रही है तुम आज फिर से रो रही हो क्या बाहर बरसात बहुत तेज हो रही है इस दर पर भी किसी का दिल तोड़ जाएंगे हम इस दर पर भी किसी का दिल तोड़ जाएंगे हम तुम्हें बहुत बहुत तकेला छोड़ जाएंगे हम अरे जाने दो उसे जो शख्स हमारा नहीं किसने कहा उसके बिना गुजारा नहीं अरे जाने दो उसे जो शख्स हमारा नहीं किसने कहा उसके बिना गुजारा नहीं और आखिरी दफा आवाज दे रहे है मुड़के देखना ना देखना मर्जी है तुम्हारी फिर फिर मत कहना कि तुमने पुकारा नहीं। फिर किसी नए शख्स से मुलाकात हुई है फिर किसी से रात भर बात हुई है मोहब्बत की बारिशें हुई बहुत जोरों से मगर हम भीगे जरा भी हैं क्या ये कैसी बरसात जो खो चुके हैं उम्मीद अपने धुलने की भी उन खाली बर्तनों को भर के दिखाएगा कि मौसम चाहे कितना ही खराब हो अपनी मंजिल की उड़ान भर के दिखाएगा और मेरे हालात कहते हैं तू वापिस मुड़ जा मेरा हौसला कहता है तू करके दिखाएगा कि बचता था मैं गली गली वो गद्दार मेरे अपने निकले तुम दुश्मनों से भला मेरी क्या दुश्मनी ये आस्तिन के साथ तो घर के निकले। वो लड़के भी मोहब्बत की वो लड़के भी मोहब्बत की जिद करते हैं जिनसे अपनी आस्ती के बटन तक न लगाएगा कि सिर्फ एक महबूब की खुशी खुशी के के वास्ते वास्ते सिर्फ एक महबूब की पासवर्ड सारे अपने बताएगा। तेरी यादें जहन से ना जाए पिया नैना लड़ाए पछताए पिया और फेरे हो गए जब गैर संग हमारे तो तो लोग कहने लगे लड़का सयाना हो गया अंदाज जब से हमारा शायराना हो गया और पहली बेअफा को भूलने की कोशिश ऐसी करी मियाँ हड़बड़ी में दिल दूसरी बेअफा का दीवाना हो गया हड़बड़ी में दिल दूसरी बेअफा का दीवाना हो गया इतने साल सिगरेट शराब हर नशे से दूर रहे मगर बाद उसके ये मैखाना ही हमारा ठिकाना हो गया और जिस कमीज पर थी खुशबू के इतर की और जिस कमीज पर थी खुशबू की मियाँ उस कमीज को धोए जमाना हो गया पहली बार है जी। वो दिल में हलचल तुम्हारी शिरकत से हुई थी बेखयाली की सुबह उस रोज हमारी फिकर से हुई थी और प्यार किया था दिल लगाकर हमने तुमसे प्यार किया था दिल लगाकर हमने तुमसे दिमाग लगाकर कर तो बारवी मुश्किल से हुई थी तुझे पानी की चाह हमें खुद को खुद ऐसी खो दिया आज फिर तेरी याद है और मैं रातों को रो दिया कितनी सुहानी रात है जो तू मेरे साथ है तेरी जुल्फों में मेरा हाथ है दिल की बात कहने की रात है चाह के इजहार कर ही दिया जाए तुझे जन्मो जन्मों के लिए अपना कर ही लिया जाए बात लबों पर आई ही थी कि झट से नींद टूट गई फिर याद आया कि वो किस्मत तो सालों पहले ही रूट गई उन दिनों तेरी मोहब्बत में खुद को बदनाम भी तो मैंने ही किया जहाँ तू छोड़ कर गई वहीं तेरा इंतजार कर अपना आज भी तो बर्बाद मैंने ही किया था तू आगे बढ़ गई मैं वहीं रह गया तू गैरों की कश्ती पर निकल पड़ी और मैं वहीं रह गया तुझे पाने की चाह हे खुद को खुद से खो दिया आज फिर तेरी याद आई और मैं रातों को रो दिया जैसे चलाता हूं वैसे नहीं चलता जैसे चलाता हूँ वैसे नहीं चलता कैसे बताऊँ उसे यार ऐसे नहीं चलता जैसे चलाता हूँ वैसे नहीं चलता कैसे बताऊं यार ऐसे नहीं चलता खुद को मेरा साया बताता है खुद को मेरा साया बताता है फिर क्यों तू मेरे जैसे नहीं चलता फिर क्यों तू मेरे जैसे नहीं चलता और तेरे इश्क में हूँ बेबस इतना मैं तेरे इश्क में हूँ बेबस इतना मैं जवान बेटे पर बाप का हाथ जैसे नहीं चलता जवान बेटे पर बाप का हाथ जैसे नहीं चलता तो जाना है तो जा यार। मैं तेरी टेंशन थोड़ी हूँ तुम्हें भूलना चाहती हूँ और कहने लगी मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ मैंने बैक कॉल की मैंने बैक कॉल की और कहा आईफोन दिला दूंगा <laughs> की उसका फोन आया और कहने लगी मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ मैंने बैक कॉल की और कहा आई फोन दिला दूंगा कहने लगी, ओ, मेरा बच्चा, रुको दो मिनट में आती हूँ <laughs> दिल में मेरे कोई गिले शिकवे ऐसा जहन में न लाना कभी दिल में मेरे कोई गिले शिकवे ऐसा जहन में न लाना कभी तुम मेरी मोहब्बत हो जाना और मेरी मोहब्बत कभी गलत हो ही नहीं सकती हाँ बस कुछ नाराजगी है हाँ बस कुछ नाराजगी है तुमसे भी और खुद से भी हम इस रिश्ते को एक और मौका दे ना पाए प्यार होते हुए भी इस रिश्ते को बचा ना पाए अपने गुरूर को इश्क के सामने गिरा ना पाए दुनिया और रिश्तेदारों की बहुत से ताने झेला हूँ मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ नफरत की और धकेला हूँ मैं मुद्दतों ऐसी दिखा नहीं उन्हें तो सोचा मर गया होगा अरे साया चलता है मेरी माँ का कौन कहता अकेला हूँ मैं इस दुनिया के ये लोग अब हमको सच्चे नहीं लगते अपनी बातों और तजुर्बों से अब हम बच्चे नहीं लगते और मेरे यारों को समझा दो अब मैं खाने हम नहीं जाएंगे क्योंकि शराब पीने वाले उसको अच्छे नहीं लगते शुक्रिया भाई यू ना किया करो तुम रोज रोज इतनी न करो तुम रोज रोज और हमें इश्क हो जाएगा किसी दिन तुम से यू न रोया करो तुम रोज, रोज. जुदाई के ख्याल से क्या तू तू भी भी भी तडपा था था कभी कभी मुझे चाहने का जुनून में भी भड़का था कभी? वैसे याद तो नहीं होगा तुझे फिर भी तू सोच कर बता वैसे याद तो नहीं होगा तुझे फिर भी तू सोच कर बता मुझसे लिपट कर क्या तेरा दिल भी धड़का था कभी क्या मुझसे लिपट कर तेरा भी दिल धड़का था गर... काट नहीं है तेरी निशाना अच्छा लगाते काट नहीं है तेरी निशाना अच्छा लगाते हो नशा बढ़िया चढ़ा है मोहब्बत का हम पर तुम पैग बढ़िया बना है सारा अरमान हूँ हाँ मैं अभिमान हूँ जो अपनी तकलीफों को भूल मुझे सदा खुश रखती है मैं उस उमां का सारा जहान हूँ मैं उस उस्मां का सारा जहान हूँ हाँ मैं अपने माता पिता का स्वाभिमान हूँ कि अगर कर ही लिया है बिछड़ने का इरादा तो फिर घबराना कैसा ये गमे उन पत मनाना कैसा अगर रजा है तुम्हारी तो खत्म करें क्या वे कहानी अगर रजा है तुम्हारी तो खत्म करें क्या कहानी आँखों में अबश न लाना जाने बफा तुम्हारी सजा भी एक जजा है हमारी हो सके तो एक एहसान हम आरोप करना हो सके तो एक एहसान हम आरोप करना नजर में अगर आए कभी देख हमें नज़रअंदाज न करना हम कोई दुश्मन तो नहीं समझ लेना किसी अनजान को तुम मोहब्बत ही सही यमुना ब्रिज सी यमुना सी आजाद लगती हो देहाती के रसगुल्ले की स्वाद लगती हो कटरा जैसी चंचल ने सी नटखट कटरा जैसी चंचल ने सी नटखट मुझको तो तुम पूरा इलाहाबाद लगती हो मुझको तो तुम पूरा इलाहाबाद लगती हो बहुत शुक्रिया रेत को मुट्ठी में दबोच नहीं पाए हम वो इतने बेवफा निकले कि सोच नहीं पाए हम आंसू बहे पलकों से और बह सूख गए भीगी पलकों को अपनी पोच नहीं पाए कहता था तुझे चाहता हूं हूं जान जान से कहता था तुझे चाहता हूं दिलो जान से अब तू ही गोलियां चला रहा जुबान से हमने दलील दी तो कहीं रो ही ना पड़े अब कौन ही बहस में पड़े बेईमान से अब कौन ही बहस में पड़े बेईमान से